बोली तो आइए बारी की गाते हुए माँ की चनों तक चलेंगे और से कहेंगे क्या कि तो कि तो ना बढ़िया वो, वो क्या बात है बहुत अच्छा साथ से है मुझे बहुत खुशी होगी बोली सच्ची दरबार है थोड़ा हाथ जलेंगे ऊपर की ओर और नाचते हुए है श्रीविकाव डोमनपुर हाथ डोमुर्मनपूर् मलाई म्यूजी, मलाई म्यूजी, मलाई म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक वाले बताएंगे बस एक छोटी एक, जी, जी, एक हमारी हमारी बहन बहन वहां और आप हैं हाथक चित्रबारी क्या बात है डोमनपुर यहाँ सबसे भक्त है मैंने कहा तुरंत खड़े हो गए इस दरबार में क्योंकि ये दरबार नसीब नहीं होगा हम लोगों को एक साल के बाद अगर नसीब है अच्छा तो तो ही फिर दर्शन होगा इस दरबार में तो ये राज जो मिली है हमें हम सबको आइए इसका लाभ उठाएं माँ के भक्ति में जरा बोर हो जाए बोली सच्ची दरबार की बोली शुरू भैया की आइए छोड़ दे है ना चलिए एक बात बता झूसा किस आता है आता है चलिए देखती हूं बोली सब चित्रबारी की तो ये है कि जोड़े जो... Shivigaon Domanpur Shivigaon Domanpur Shivigaon Domanpur Shivigaon Domanpur Shivigaon Domanpur Shivigaon Domanpur Shivigaon Domanpur